आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? Thousand years later. करेजेंड बाबू आपने कॉल किया था आ, मैं गुस्सा गुस्सा ले ले ले ले मेरा बादू, मेरा मेरा बाबू बाबू हो गया। अले ले ले ले मेरा अरे मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी भाई मैं कभी उसको कॉल नहीं करूंगी अरे भाई अब तेरा क्या होगा कोई बात नहीं अच्छा हुआ काट दिया अब मैं दूसरी वाली से बात करूँगी <laughs>